तो भाई लोग कैसे हो आज मैं आपके लिए लाया हूँ 20 फीट बाय 22 फीट का एक छोटा सा हाउस प्लान इसमें आपको टू बेडरूम वन किचन, वन बाथकम लैटरिंग, डाइनिंग, लिविंग और बहुत कुछ मिलेगा तो आपके साथ आगे मैं शेयर करूँगा तो देखिए इस छोटे से प्लॉट साइज में मैंने इतना कुछ कैसे प्लान किया हुआ है अभी मैं इसका एक्सटर्नल वाल रो कर रहा हूँ एक्सटर्नल वाल आपको नाइन इंच का रखना है एंड इंटरनल वाल फाइव इंच का ये बेहतर रहेगा इस प्लान के लिए मैंने रखा है एंड इसमें आपको स्टेयर का राइजर फाइव या सिक्स इंच का रखो और ट्रेड टेन या टल्व इंच का रखो ये आपके स्टेयर के लिए अच्छा रहेगा तो आगे हम जानेंगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए गुड स्टेयर के बारे में तो इसमें पहले नंबर पे जो आता है आपका एश्टर ऐसी जगह होना चाहिए कि हर रूम से इस्टेयर तक इजीली पहुंचा जा सके एंड सेकंड है आपके इस्टेयर्स का स्टेप्स वाइड होना चाहिए एंड थर्ड है यह पूरी तरह से लाइटेड एंड वेंटिलेटेड होना चाहिए जिससे आप सीढ़ी स्टेयर पे चढ़ने में गिर न जाए फोर्थ नंबर पे आता है स्टेप्स का राइजर कंफर्टेबल होना चाहिए ये ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया था आपको राइजर फाइव या सिक्स इंच का रखना है एंड ट्रेड टेन या ट्वेल्व इंच का रखना है लास्ट एंड फिफ्थ नंबर पर जो आता है उसको इट्स शुड बी एस्ट्रॉन्ग टू टेक लोड इन केस ऑफ एमरजेंसी सिचुएसंस भगवान ना करे ऐसा सिचुएसन आए लेकिन मान लो कि भूकंप आ जाए और घर के सारे लोगों को बाहर निकलना पड़े तो आपका स्टेयर 15-20 लोगों का लोड सह सके ऐसा स्टेयर एस होना चाहिए तो ये प्लान कंप्लीट हो चुका है और मैं इसका डायमेशन आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मेन गेट एंटर करेंगे अपना ये स्टेयर यहाँ से आप थ्री फीट वाइड रखा है इसको मैंने एंड दिस इज और डाइनिंग कम लिविंग हॉल इसका साइज मैंने रखा है टेन फीट बाय सिक्सटीन फीट का उसके बाद से अपना ये किचन जिसका साइज मैंने रखा है टेन सॉरी सिक्स फीट बाय सिक्स फीट का एंड दिस इज और कौन बात कम लेटरिंग जिसका साइज मैंने रखा है फोर फीट बाय सिक्स फीट का एंड दिस इज आवर बेडरूम नंबर फर्स्ट जिसका साइज मैंने रखा है टेन फीट बाय एलेवन फीट का और ये है अपना सेकेंड बेडरूम जिसका साइज मैंने टेन फीट बाय टेन फीट का सॉरी टेन फीट बाय एलेवेन फीट का रखा है दोनों का बेडरूम का साइज एक कि है तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ जिससे आपके हाउस कंस्ट्रक्शन में बहुत हेल्प मिलेगा एंड लाखों रुपए बचेगा तो देखिए आपको विंडो साइज़ आपका थ्री फ़ीट बाई फोर फीट थ्री फीट बाई फाइव फ़ीट फोर फीट बाई फाइव फिट जो भी अच्छा लगे आप रख सकते हो एंड वेंटिलेशन टू फीट बाई वन फीट का डोर साइज़ आपको रखना है थ्री फिट सिक्स इंच इंटू सेवन फिट का एंड टॉयलेट का डोर साइज़ टू फिट सिक्स इंच इंटू सेवन फिट का एंड कॉलम साइज आपको रखने हैं टेन इंच टू ट्वेल्व इंच का सिक्सटीन एम एम का टूर आपको चार डालना है तो यही आज का प्लान है एक लाइक तो बनता है इस छोटे से हाउस प्लान के लिए एंड फिर से मैं वही कहने वाला हूँ यार प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे YouTube चैनल तब तक के लिए